For more up to date subscribe the channel and press bell icon for next videos notification also like comment and share with your friend thank you guys mehndi wale haath wo tere payal wale pao mehndi wale haath wo tere payal wale बहुत आते हैं मुझको तू अरे अपना गाँव कच्चे पगडन्नी के रास्ते आते, करते करते तेरी चूड़ी भी गिनता था तेरे मैं सुबह शाम है प्रेम के वो संदेश पत्थर के छत पर तेरी देता था जो अपने याद मुझे करता है क्या तू अब भी उनको देख क्या तेरे होंठों तो को पता है